मारुत मारुथतुल्य लोक सचिया काम किया durin मंडल तुम्हें के Yeah जी की काज सवारी दशरत राज दुआ रे गाम शिया राम शिया श्यारा, राम जयराम श्यारा राम शिया राम शिया राम देव लक्ष्मी मण के मोधि मुनीसा नाल धसाराद सहित अहिंसा सोम सल्याहित कारिहा राम सिया o oh. पिया ओ, ओ प्रभु मुद्रिता मेरी मुख्य माही जल दिला दी अचरज अचरजना सीता जी के काड़ गया पियारा पिया जरा के जे शुभ अनुभ कुमरे तेरे राम जिया राम शियाराम मुझे जयराम राम चियारा श्याराम मुझे हगमा are sok liya kya menu peshari bhaiya ga purso sokna kya priya la priya mujhe de I'm not the uh one. -oh. समारो आप तीनों लोग तो हादसे ऋषियों के निकट नहीं आवे महावीर जग नाम चुनावे भर तो दुख हर तारा का मुझ काम खियारा पियारा मुझे हलवा राम, शिया शिया हरे सब पीरा जपत निरंत हनुमत बीरा दुष्टों के संज्ञा शियारामे शियारा हनुमान हो संकट हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ज्ञान जोला के दुख तारा राम शिया मुझे हनुमान हो सब पर राम तपस्वीरा के का वादा। सकल तुम सारा अती से जगत पूजियारा रामचिया रामचिया राम श्याम जय जय राम जिया राम शिया मुझ हनुमान साधु संत के तुम रखवाए सुर निकंदन राम दुआारी संतों के हितकारी राम राम श्या राम श्या राम जय राम राम श्या राम श्या राम जय राम राम राम Jana jana ma ki utri sarangi, jana jana ma bhukhar tarah, Ram Siya Ram, Siya Ram jehara, Ram Siya Ram, Siya Ram jehara. Oh, oh, oh. शुदी छूट बंदे मोरी राम श्यालााम श्याम जय मान राम श्यालाम श्याम जय हनुमा पढ़ हनुमान चलीसा की गोरी सियारा